अगर आप भी मेरे तरह पाठान मूवी देखने के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे हो एक पच्चीस तारीख का तो आपका वेट खत्म हो गया भाई पाठान मूवी फाइनली रिलीज़ हो गया और अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएगा तो अगर आप एसआरके का फ़ैन और रियलिटी में मूवी इधर से आपको मिल जाएगा तो एक एक चीज़ आपसे मांगूँगा एक लाइक कर दो एक लाइक और कुछ नहीं तो आपको क्या करना है मैं बोल दे रहा हूँ इधर आप ऑनलाइन भी मूवी देख सकते हो मैं अभी प्ले करूँगा तो मेरे को कॉपीराइट क्लेम भेज देगा तो इधर आपको मिल जाएगा तो इधर तो हिंदी में थोड़ा बहुत लिख लिख लिखा मैं देख रहा हूँ तो साइट का नाम है बी टी एफ मैं लिंक भी पिन कमेंट पे दे दूँगा आप लिंक से जाओ जा मूवी देखो फॉर्म मूवी जो फाइनली जो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं ना एडवांस बुकिंग का तो क्या बोलूँ मैंने हॉल पे जाके ये मूवी देखा है इतना इतना अच्छा लगा मुझे मैं क्या ही बोलूँ मैं ना पिन कॉमेंट में दे दूंगा इधर आपको पठान मूवी 48 एट सब सब क्वालिटी पे इधर मिल जाएगा तो मैं लिंक दे दूंगा आप इधर जाओ और जिसको भी डाउनलोड करना है इधर से डाउनलोड कर सकते हो मैं अगर इधर से डाउनलोड करके भी दिखा सकता हूँ बट क्या ये बताऊँ मैं इधर से आप प्ले करके देखना कोई बात नहीं <coughs> तो यही बोलूँगा वीडियो को एक लाइक कर दो प्यारा सा चाहो तो एक कमेंट कर सकते हो तो वीडियो थोड़ा थोड़ा लॉन्ग में कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो सबके सामने जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए मैं पूरा लॉन्ग कर दूँगा अगर आपको देखना है आप टाइप करो वी डी एफ एफ डॉट नेट तो आप गूगल पे जा पे जाके इंटर करोगे ना इधर बॉलीवुड मूवी का एक ऑप्शन मिलेगा इधर कोई ऐड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और शायद से मिल भी सकता है अगर आप थोड़ी देर बाद देख रहे हो एक दो दिन बाद देख रहे हो इधर ऐड भी लग सकते हैं मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं तो ए जो पाठ इधर बहुत सारे पाठन मूवी का आपको लिंक मिल जाएगा ए सब पे क्लिक नहीं करना है ए वाला जो ए वाला है ना इस पर आपको क्लिक करना है इधर क्लिक करोगे तो ऑनलाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा मैं अब अगर पहले करूँगा तो मेरे को स्ट्राइक आ जाएगा आपको जाके देखो इधर आप कमेंट भी कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो तो फाइनली आ गया जाके देखो मज़ा लो और क्या